बैरसिया में गायों की मौत के बाद हिंदू संगठनों के बाद अब अल्पसंख्यक समाज ने विरोध जताया है कांग्रेस विधायक और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर आरिफ मसूद ने बैरसिया गौशाला संचालक पर एन लगाने की मांग की है कांग्रेस विधायक और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर आरिफ मसूद ने बैरसिया गौशाला कांड की आलोचना की है और कहा की करीब आठ गायों के शव को जेसीबी ऐसी उठाकर दफनाया गया लेकिन बीजेपी के नेता खामोश उन्होंने कहा गौ माता कहने वाले कहाँ हैं आरिफ मसूद ने मंत्री विश्वास सारंग को निशाने पर लिया और कहा सारंग बताएं गौशाला संचालक का मकान गिराने और एन लगाने का काम सरकार ने क्यों नहीं किया गौ माता कहने वाले लोग हैं मैं तो सोच रहा हूँ भोपाल की सड़कों में मैं, मैं दिल्ली में था मैंने सोचा था भोपाल में कोराम मच जाएगा जनता सड़कों पे होगी आठ गौ माता उनको दफना दिया गया गौ कहने वाले लोग कहाँ है बाहर निकल कर नहीं जे सी बी से खोद के दफनाया गया आठ गौ माताओं को तो विश्वास सारंग जी उस सारे जवाब दे ने कहा आठ सौ गायों की सोच रहा हूँ गौ माता कहने वाले लोग कहाँ है सड़कों पर क्यों नहीं उतरे ये लोग इस कांड के बाद रामेश्वर शर्मा और सब कहा गायब है आठ सौ गौ माता उनको दबना दिया गया गौ माता कहने वाले लोग कहाँ है बाहर निकलकर नहीं आ रहे अभी बेरासिया के अंदर 800 गायें दफन की गई हैं और उसके लिए आज तक एने नहीं लगी मकान नहीं टूटा पूरा भोपाल शहर देख रहा है चेक चीख के, के गौ माता के हत्यारे को संरक्षण कौन दे रहा है ना कांग्रेस ना कभी हम ना इस तरह के लोगों का भी संरक्षण दिया है और जो इस तरह के गाय के साथ अगर ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ हम सब लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे संगीत किस्हरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक